रो एक पल में सदियां की आयोला आया सारे मधुशाल पियाया एक पल में सदियां सदियां सदिया मैं आया मिलाया जाया बठिया ये जो लिया किस कारण